डोंट कंपेयर आप को कभी किसी से हल्का मत समझना लोग तो चमकाएंगे ही तुमको मारेंगे और कूटेंगे भी तुमको ये सौ डॉलर है मेरे हाथ में दूंगा मैं आज माई डर फ्रेंड यू है वेरी इंपॉर्टेंट लेस इसको मैंने कितना भी रगड़ा कितना भी दबाया कितना ही कूदा ये फिर भी सौ डॉलर है लोग तुमको कितना रगड़े कितना दबाओ फिर भी तुम तो तुम ही होना यार इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही जब इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा साला तुम्हारा वैल्यू किसी का बाप कम नहीं कर सकता